नमस्कार दोस्तों शिवम का मौर्या चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि बहुत ही सस्ती ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं आप तो आज मैं एक बहुत ही अच्छे ऐप के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही सस्ते दामों में सामान प्रोवाइड करवाता है अगर मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम डाउनलोड करके रखे हैं ये देखिए ऐप ये है हमारा मीथू ऐप तो हम इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे जो कि हमने तो डाउनलोड करके रखा हुआ है पर आप सभी को दिखा देता हूं प्ले स्टोर में आने के बाद यहां पे आपको सर्च करना है मीशू एम डबल ई एस एच, एच ओ मीशू ये देखिए दोस्तों सॉरी मीसू एम डबल ई एस एच ये देखिए दोस्तों मीसू ऑनलाइन शॉपिंग तो हम इस क्लिक करते हैं ये दोस्तों मैं डाउनलोड करके रखता हूँ तो मैं सिंपली इस ओपन कर देता हूँ ओपन करने के बाद दोस्तों ये सब कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा ये देखिए दोस्तों अब जैसे कि हमें सस्ती साड़ी चाहिए या बच्चों का कोई कपड़ा चाहिए तो हम पहले आपको साड़ी दिखा देते हैं सस्ते में ये देखिए दोस्तों ये हमारी साड़ी होगी ये है दो रुपए की और दोस्तों ये देखिए 270 रुपए की और देखिए दो रुपए की ये देखिए क्वालिटी बेस्ट होगी कोई कमी नहीं निकलेगी भाई चांस अगर कोई कमी निकल भी आती है जैसे फटा आ गया या कोई अदर इशू आ गया तो आप बड़े ही आसानी तरीके से इसको आप रिटर्न भी कर सकते हैं एक्सचेंज भी कर सकते हैं दोस्तों ये देखिए दो सौ की है ये साड़ी दो सौ की कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं देना है इसमें दो सौ में आपको ये साड़ी मिल जाएगी और देखिए दोस्त दोस्तों दो में ये मिल जाएगी दो में ये दो में ये, 264 में ये। तो ऐसे करके दोस्तों आप जो भी लेना होगा आप चेक कर सकते हैं ये देखिए दोस्तों दो सौ बानबे में तीन सौ से भी कम साड़ी जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है मीसू ऐप में अब मैं आ जाता हूँ बच्चों के कपड़े में बच्चों के कपड़े लेने हैं आपको ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ जाता है आपको किस तरीके के कपड़े लेने हैं कैसे लेना है आपको कपड़ा कौन सा कपड़ा लेना है तो हम सर्च कर लेते हैं ये देखिए दोस्तों ये बच्चे का घांगरी चोली है ये चार सौ चौदह रुपये की ये तीन सौ छः छठ रुपए की चार सौ चौदह चार सौ ये दोस्तों कोई छोटे बच्चे या बड़े सबके लिए प्रोवाइड किया जाता है कि मैं देख लेता हूँ कितने साल के बच्चे के लिए है ये दोस्तों 6 से 12 महीने के बच्चे से स्टार्ट है और 13 से 14 साल के बच्चे इसको पहन सकते हैं ये देखिए 13 से 14 साल तो जितने साल का बच्चा है दोस्तों आप वही सिलेक्ट कितने साइज क्योंकि आपको लेना है अगर हम कहीं मार्केट से लेते हैं तो यही दोस्तों 800-900 नौ सौ हज़ार पंद्रह का हो जाता है ये देखिए तो दोस्तों मीसू ऐप में सबसे सस्ता कपड़ा मिलता है और जो भी सामान लेना होता है सबसे सस्ता मिलता है तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में